जय बोले की जय बोले मैं की क्या नाम हु आपका महाराज जी नाम क्या आपका महाराज जी महाराज नाम ले क्या करोगे अमृत पान चल रहा है महाराज जी हैं अमृत पान चल रहा है ये अमृत पान चल रहा है हाँ है. रहा है। पीछे छुपका लिया ये आपकी भीख के द्वारा अमृत पान चल रहा है देख लीजिये दोस्तों ये देख लीजिये महाराज जी से नाम पूछेंगे नाम क्या महाराज जी आपका थोड़ा बताइये क्या नाम है आपका है नाम क्या है महाराज जी अरे महाराज तू क्या करोगे नाम लेके अच्छा आ अच्छा ये देखो भाई नाम लेके क्या करोगे डंडा उठा रहा है डंडा उठा रहा है क्या भाई डंडा उठा रहा है नाम ही तो पूछा तेरे से है? नाम क्या है तेरा नाम क्या है नाम बताएगा तेरा आधार कार्ड है कहीं आधार कार्ड कहा है तेरा आधार कार्ड दो तो नहीं है आधार कार्ड नहीं है और तेरे पे भाई तेरा कहा आधार कार्ड कुछ होगा ना जेब में जेब में देखा कुछ नहीं बोतल तो बोतल कुछ, दिखा। नहीं, दिखा। बोतल, ए, कुछ बोतल नहीं है दिखा। बोतलो का, का ये देखो आपकी भी देख लो साढ़ो आठ सौ रुपए की छीन की साढ़े आठ सौ रूपए आधार कार्ड दिखा भी शर्म नहीं आती नाम बता दे अपने सच सच क्या नाम है तेरा चकना भी रख रखा है देखो ये देखो चखना और ये अरे ये बलबू आ रही है बता दे आप नाम बता दे नाम बता दे सही बता दे रहने वाला का है कहा सामने है हमारी जुग्गी सामने है क्या नाम लिया इसने अभी फारुख शाहरुख कौन है इनका तो नाम? नाम, नाम, नाम नहीं, नहीं है नाम नहीं है बोल रहा है शाहरुख सलमान कौन है शाहरुख है शाहरुख शाहरुन है शाहरुख नहीं तेरा सर से बता शाहरुन है शाहरुन इसके नाम देखो भैया ये देखो भीख मांगते क्या करते तुम हैं क्या क्या करते हो मांगते कर इनकी झोपड़ी दिखाना भैया ये देखो इनकी झोपड़ी ये, ये देखो ये देखो ये तो सिर्फ दिखावे की है आठ सौ रुपए वाली बोतली बोतल भर रही है देखो बोतली बोतल चकना मौज हो रहा है बता भाई अब सच सच बता कहा रहने वाला है तुम अरे भाव जाते हो नहीं सारे बैठ यहाँ बैठ है ये क्या तू पुलिस क्या जय माने है पुलिस वाला अच्छा अच्छा तो तो आराम पर मीडिया से प्रेस से सब देख ले जाएगा तो और बताओ नहीं के रहने वाला बताओ पुलिस बुलाएं क्या नी कहा दोस्तों आपकी भीख का परिणाम है जो ये पी रहे हैं ये ये पी रहे हैं जो अमृत जो पी रहे हैं ना ये आपकी भीख का परिणाम है ऐसे लोग हमारे साधु संतो का बदनाम करे देख लीजिए ये कहाँ से आगे पता नहीं कहाँ के रहने वाले सच पता रोहिंगा और कहाँ के रहने वाले हो है रोहिंग्या रहने वाला है खाड़ दूंगा बता, बता रहने रहने वाला है? कहां का रहने वाला है? है? तू पत्थर कहा भगवान और फिर तुम ये पी रहे नहीं, नहीं।, नहीं ये देख लो भाई हो ये आपकी भीख का परिणाम है हम इसमें आप क्या कर सकते तुम्हें बताओ बोलोगे तुम मार रहे हो कर रहे हो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को द्वारा कि ऐसे लोगों को भीख मत दो जब कुछ भी हो जाए भी हमारे साधु संतो को बदनाम कर रहे हैं अब बताओ। अब कुछ, कुछ है बताओ बता है, है। बता। सामने झुग्गी है ये झुग्गी तो तेरे सामने की पर रहने वाला भी तो कहीं का होगा तू यहाँ भीख मांग रहा है और भीख मांग करके दारू पी रहा तू कहा है पीछे से कहा से आया तू आप हड़कम क्यूं मछली शरीर में कब गा घबरा क्यूँ बताने वाला है, है? तो इसके, इसके लाइव गटा। ये लाइव पकड़े यहाँ पर और ये भीख मांग करके ये देख लीजिए हम अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप कैसे लोग जागरूक ये देख लीजिए हम ऐसे लोगो को पोल खोलते हैं ताकि ऐसे लोगो को भीख न दे और ये देख लीजिए कौन कौन आप हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं देख लो आप आप सभी देख लीजिए मेरा निवेदन है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये भीड़ पहुंचे और भीख देना ऐसे लोगों को बंद करो